की बाहु हाँ बता मैं बता नाम ना ना है छोटू गान कहूँगा जीने नहीं अच्छा तो ऐसे तुम गाना क्या दी क्यों है मार गाऊँ मैं मार गाऊँ मैं तुम क्या ही गया गाना मार काकू काकू नाम की है काकू नाम दिलावा तो तुमने कितना गाना हुआ है गाना बहुत सारा हुआ है क्या क्या हुआ है पता फल मीगी मारवाड� फिल्मी एक का जो छोटू के तो बजान आवे कीकी बजाणा आवे तना ढोलक बजाणा आवे तो थारे मोटो की बननो है छोटू सिंगर सिंगर बननो है के जड़ो सिंगर बननो के सिंगर जड़ो बननो है के जड़ो बननो सिंगर ते है गुंडे के जड़ो गुंडे है शुरू गाने नी ने शुरू गाने हां उ जड़ो बननो है अच्छा तो थार माथे में के फेरेवे ओतीओ ओतीओ ए बोतीओ के फेरे है हैं ये फेरे मम्मा फेरे है अच्छा तू पढ़े स्कूल जावे जावेम पटे दूसरी पटे स्कूल पढ़ना बढ़िया लगे बढ़िया पढ़ना बढ़िया लागे या गीत गाना बढ़िया लगे गीत गाना बढ़िया लगे वेरी गुड ठीक है